हाय फ्रेंड्स मैं हूँ विजय कुमार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फैमिली आईडी क्या है और फैमिली आईडी किन लोगों को बनेगा फैमिली आईडी डी किस के लिए काम आएगी बहुत ही सरकार ने बहुत गुड और अच्छा ये बेनिफिट लेके आई है और फैमिली फैमिली आईडी के क्या क्या बेनिफिट है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को बनेगा फैमिली आईडी और फैमिली आईडी के किस किस को बनना अनिवार्य है क्योंकि राशन कार्ड वाले तो परिवार आईडी बनी हुई है और लेकिन जिनकी राशन आईडी नहीं बनी हुई है उन जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ उनका एक फैमिली आईडी बनेगा फैमिली आई बनेगा तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी सरकारी नौकरी सभी को मिलेगी एक परिवार को एक फैमिली एक आईडी जो फैमिली आईडी डी बना रहे हैं उसमें से सरकार एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का सोचा है और कदम उठाया है ये इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी लक्ष्य और इसी तरीके से बहुत ही अच्छे घर घर में प्रावधान सरकारी नौकरी का सोचा है सरकार ने ये बहुत बढ़िया सरकार ने कदम उठाया है और इससे ये भी पता लग जाएगा कि कितने परिवार हमारे देश में हैं और कितनों को नौकरी है और कितनों को नहीं है जिनको नहीं है उनको नौकरी पर रखा जाएगा फैमिली आईडी का आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मैंने एक अपना राशन कार्ड होते हुए भी अपनी एक फैमिली आई बनाई है और उसमें देखा है कि राशन कार्ड ही फैमिली आई है राशन कार्ड ही फैमिली आईडी है और फैमिली आईडी ही राशन कार्ड हो सकता है क्योंकि जो हमें जो हमें पंद्रह अंकों का शायद पंद्रह अंक कितना है हाँ बारह अंकों की जो आईडी डी जनरेट हो रही है वो है ना पहचान पत्र राशन कार्ड राशन कार्ड की ही आईडी डी बारह अंकों की है और इसलिए बारह अंकों का ही राशन कार्ड है अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ये हुआ हमने रजिस्टर पर क्लिक किया और हमारा राशन कार्ड बना हुआ ऑलरेडी तो हम ऑलरेडी पर क्लिक करेंगे ऑल ई पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल कर ओ पर सेंड करेंगे यहाँ पर हम अपना ओ डालेंगे जो हमारे फ़ोन पर आया हुआ है फ़ोन पर आया हुआ हमारा दो वो अट्ठारह ये डाला और सेवन डबल वन सेवन हमने ये डाला और लॉग पर क्लिक करा ये हमारा इस प्रकार के फैमिली आईडी का शुरुआत हुई है यहाँ से हम अपना आधार नंबर डालेंगे आधार नंबर डालने के बाद हम आगे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेरी डिलीट डिटेल शो हो चुकी है और ये परिवार ही ये अब तुम्हें दिखा देगा कि फैमिली आईडी डी ये करा लिंक और यहाँ पे हमने भेज दिया ओ ओ जाएगा आपके मोबाइल पर जिसना जिस आधार कार्ड सभी के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए पूरे परिवार के आधार कार्ड पर सभी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो नया बनाएंगे तो उसमें जब भी उसका परिवार जुड़ सकता है और जुड़ने के बाद देखो ये हमारी राशन कार्ड आई आ गई है ये मेरे राशन कार्ड नंबर हैं जो ये फैमिली आई सरकार ने जनरेट कर दी है ये इसी ही हम फैमिली आईडी बोलेंगे और ये ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे ये आ गया मेरा राशन कार्ड ये मेरा राशन कार्ड नंबर है और राशन कार्ड ही फैमिली आईडी है ये बहुत बढ़िया सरकार ने प्रोवाइड किया है और बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है कि एक राशन कार्ड पर मिलेगी एक बंदे को नौकरी एक परिवार को एक राशन कार्ड का मतलब हो गया एक फैमिली आई में से एक परिवार को नौकरी मिलेगी हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई है सरकार से बहुत ही बहुत अच्छा कदम उठाया है हमें बहुत अच्छा लगा है कि एक परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी और जिस परिवार में इससे सरकार को पता लग जाएगा कितने परिवार में कितनी नौकरी है और कितने परिवार को नौकरी देनी है बाकी और कितने लोगों को नौकरी देनी है ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने मैंने आपको दिखा दिया है कि राशन कार्ड ही फैमिली आई है और फैमिली आईडी ही राशन कार्ड है इसमें कोई अंतर नहीं है अपना अपना राशन कार्ड जिनका बनता हो वो राशन कार्ड बना वाले या जिसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है नहीं बन पा रहा है तो वो अपनी फैमिली आईडी बना ले फैमिली आईडी के लिए क्या क्या चाहेगा फैमिली आईडी के लिए उनका आधार कार्ड और उनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्टर्ड इस जभी ये फैमिली आईडी बनेगी सभी के ही सभी घर में जितने भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है इसलिए आपकी फैमिली आई बनेगी तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर करें मैं हूं विजय कुमार मिलता हूं आपको दूसरी रजिस्ट्रेशन किसका किस प्रकार से करेंगे फैमिली आईडी का तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फलाए और सेंड करें भेजे कि राशन कार्ड ही फैमिली आईडी डी और फैमिली आई ही राशन कार्ड है और उस पर एक सरकारी नौकरी निश्चित है